तो ये अच्छा माशाल्लाह एक पिछहत्तर का सेल हो चुका है माशाल्लाह आप खुद ही देख सकते हैं फिर साईवाल में और मुँह से दो दाँव थे एक पिछत्तर में सेल हो चुका है माशाल्लाह आपने जानवर देखा है हम तो इसकी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं भाई क्या मांग रहे हैं इसका इसका क्या रेट मांग रहे हैं दो लाख मुँह से क्या है मुँह से दो, तो दो लाख इसका मांग रहे हैं आपको दिखाते हैं ये भी उन्हीं के जानवर हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे ये देखें हम इनकी थोड़ी बहुत मालूमत ले लेते हैं दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंडी में और मंडी में आज आपको दिखाएंगे बच्चे जो कि बहुत ही कमाल के बच्चे आ चुके हैं मंडी में ईद की तैयारियाँ हो चुकी हैं ये देखें जो कैटल फार्म जिन लोगों ने साल साल मेहनत की है वो आज अपनी मेहनत को लेके सामने आए लोगों के सामने सेल करने के लिए ईद की कुर्बानी के लिए क्योंकि मंडी में आज एक मंथ रह चुका है तो अभी से ख़रीदारी होगी तो फिर ही जानवर खरीद पाएंगे क्योंकि एक मंथ में इतने माशुदा हैवी जानवर सैल करना मुश्किल हो जाता है कस्टमर के हिसाब से होता है इस दफ़ा मंडी वैसे भी बहुत तेज़ है ये इनके माशा जानवर हैं आपको एक से एक जानवर नज़र आएगा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा टाइगर बोट फारम के नाम से हमारा चैनल हो उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी ये मियाँ कैटल फारम के नाम से लगा हुआ अड्डा इनका और आपको इनका नंबर भी ले देंगे हम वीडियो भी आपको डिटेल से बना के दिखाएँगे जानवरों की बहुत सारी चीज़ें आपको इनके जानवर में दिखाएंगे क्वालिटी आप खुद ही चेक कर सकते हैं इस जानवर की क्वालिटी आप खुद ही देखें मुझे तो बहुत ही कमाल के प्रिंट लगे और ये भी इधर देखें आप ये एक से एक जानवर है माशाल्लाह प्योर वाइट में गुलाबी में देखे जाते हैं मुकरे और हर हाँ नस्ल इनके पास ये देखें और ये तो उससे भी बहुत ही कमाल की नस्ल दोनों एक ही जोड़ी लगती है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ये घंटी के निशान को प्रेस करें तो करते हैं वीडियो स्टार्ट तो दोस्तों ये माशाल्लाह आपको जानवर दिखा देता हूं मैं रेट वो कॉल पर ही करेंगे आपको नंबर ले दे दूँगा क्योंकि रेट माशा इनके है जानवर हैं ये तो रेट भी फिर उसी हिसाब से होंगे मैंने जो आपको पहले बताया ये माशा इनके साहुवाल में देखें ये जानवर है और नंबर में आपको अभी वो फ्लैक्स लगा हुआ है उस पर आपको दिखा देता हूँ मियाँ कैटल फार्म के नाम से ये मशहूर है तो ये इनके जानवर हैं और वो कैटल फार्म आप देख सकते हैं नंबर शो हो जाएगा अभी ये नंबर है जानवर तो माशा बहुत ही हैवी किस्म के हैं जिसे कहते हैं रेट तो अब आप नंबर में आपको दिखा देता हूँ मज़े करीब से ये देखें तो मियां कैटल फार्म के नाम से ये मशहूर हैं तो इनसे आप रहा करके ज़रूर खरीद सकते हैं जानवर अगर कोई शौकीन हो तो इतने पैसे भरने के लिए ये माशा ये इसका रेट हो रहा वो भाई बैठे हुए हैं तो आपको मजदीर जानवर दिखाते हैं। जी तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ये माशाल्लाह जानवर दिखाएंगे मंडी में बहुत ही कमाल के जानवर आए हुए हैं ये आप माशाल्लाह खुद ही देख सकते हैं कमाल का प्रिंट है हम इसकी डिमांड पूछते हैं क्या डिमांड है ये आप खुद ही हर चीज़ देख सकते हैं क्या चीज़ है और झालर माशाल्लाह इसकी देखें मांग रहे हो रेट मांग रहे हो तो रेट अभी इनका होगा कस्टमर वगैरह आए हुए ये कस्टमर खड़े हैं तो हम इनका रेट वगैरह अभी पूछेंगे आपको मजीद जानवर दिखा देते हैं उतनी देर आपको ये इनके माशा जानवर हैं देखें मंडी में ये इंटर होते ही जानवरों की तरफ बच्चों की तरफ कॉर्नर पे ये होते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हर साल इनके जानवर होते हैं पिछली दफ़ा भी इनके माशा बहुत ही कमाल के जानवर थे देखते ही माशाला दोनों सेम जोड़ी लगती है प्रिंट है और ये अबलग नसल है इनकी प्राइस भी फिर इसी हिसाब से होगी जिस तरह इनकी खूबसूरती है ख़ूबसूरती के हिसाब से इनकी प्राइस वगैरह होती है ये मसला इनके जानवर बैठे हैं और ख़ुद ही देख सकते हैं ये देखे। ये, देखे। ये ब्लैक में और ये मसला बहुत ही भारी जानवर है ये जानवर आपने देख लिए और अभी हम इनका रेट वगैरह भी पूछ के आपको बताएंगे क्या रेट हो गया है आग आग आपको लेके देंगे कैटल फार्म के नाम से इधर मंडी में जानवर आए हुए हैं और इनका आपको दिखाएंगे अभी जानवर ये देखा इन्होंने माशा बहुत ही हैवी सिस्टम बनाया हुआ है ये इनके जानवर हैं और आपको अंदर जा भी जानवर दिखाऊँगा मैं बहुत ही अच्छे जानवर हैं मंडी में आजकल ईद के गरीब है और इसलिए जानवर बहुत ही अभी मेदार में आए हुए ये फजल पेटल फार्म के नाम से इधर टेंट लगा हुआ है टीन का तो इधर बहुत ही मशाला चारा सिस्टम बनाया हुआ है ये जानवर देखें बहुत ही कमाल का जानवर है और हैवी वेट है उससे भी ख़ूबसूरत और वजन में ये बहुत ही उससे ज़्यादा कमाल हुआ है तो आपको और भी थोड़े से दिखाते हैं इनके जानवर ये देखें एक से एक जानवर हैं इनके ये प्योर साहिवाल में और वो क्रास में साहिवाल है चौरिस तो में ये प्योर ये देखें माशाल्लाह दो ही हैवी वेट है ये जानवर इधर देखें उनकी हाईजें तो ये मुश्किलें पड़ेंगे नंबर आपको जरूर लो लेकर देंगे ताकि आप आपसे रहा कर सकें उन लोगों को इस तरह का मतलब जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है एक से एक जानवर मंडी में आपको दिखा रहे हैं मैं आज ज़्यादातर आपको अच्छे जो जानवर हैं हीवी रेट के वो आपको दिखा रहा हैं वो तो देखें ये अवध हैं ये दो जानवर हैं इनका तो प्रिंट प्रिंट तो है वो बहुत ही कमाल का प्रिंट होता है इनका अलग जो जानवर होता है वो, वो तो तो दिखा नहीं सकते क्योंकि जानवर कम होता है इसलिए हम आपको ऐसे ही दिखा रहे, है। तो रहे हैं तो नंबर आपको जरूर लेके के देंगे तो नंबर आपको लेके देते हैं जीरो तीन सौ एक सात सौ पाँच सात छियानवे तरतालीस छियानवे तरतालीस आप नाम अमीन फ़ज़ल कैटल फजल कैटल फार्म फजल कैटल फार्म के नाम से और उनका आपको जानवर और नंबर आपको लेके दे दिया है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं जिस तरह के आपको जानवर चाहिए वो आप इस सोच से भारी जानवर होंगे उनके साथ आप उनसे रबता करके खरीद तो सकते हैं दोस्तों मुझे वीडियो लगे और लगे तो लाइक करें, करें शेयर चैनल को तो जरूर तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये ये जानवर है माशा इनके नाम क्या अपने कैटल फार्म फार्मो अल्कम्बो अलकम्बो कैटल फार्म के नाम से ये माशा जानवर मंडी में आए हुए हैं और इनके माशा कितने जानवर हैं टोटल चालीस जानवर हैं और इनकी मैं आपको जरा डिटेल से जानवर दिखा देता हूँ फिर आपको इनका नंबर वगैरह लेके दूंगा ये माशाल्लाह इनके जानवर हैं ये डैडी पौना है हाँ जी, इतने और वो जो पर्ला वो साईवाल में जी जी। पेड़ साईवाल। जी जी। दो दाँत में दो दाद। और ये वाला ये भी साईवाल दो है दोनों दो दो दांत में ये भी दो दांत में आपको जानवर इधर से माशा काफ़ी मकदार में मिलेंगे सारे दो दांत सारे दो दांत है अच्छा मंडी किस तरह की तेज है या नॉर्मल है क्या सीन है मंडी का? तेज़ है क्या आप क्या है? मस, मतलब कि कस्टमर वगैरह है या नहीं है क्या आते है, लगाते हैं तो अपना नंबर बताए जीरो तीन सौ पूरा जीरो तीन सौ सात सौ तैतालीस सात सौ तरतालीस बारह बारह बारह बारह व्हाट्सएप भी आइए व्हाट्सएप ही आइए व्हाट्सएप या कॉल का ही है जी जी. तो नंबर आपको मिल गया और इनके जानवर आपको थोड़े से और दिखा देता हूँ क्योंकि रेट रेट वगैरह आपको कॉल पर ही होगा क्योंकि तो माशा बाहरी जानवर हैं और उसी ये ये भी आपके, ये भी आपके का जानवर है वाइट है वो, वो वाइट खड़े हैं उनका भी आपको अभी दिखाते हैं क्या सीन है उनका ये ये भी दो दात में ये कौन सी नस्ल है ये नुकरा प्योर नुकरा है गुलाबी में आता है ये और ये ये अब पटेरा पटेला ये अबलग में नहीं आता तकरीबन अबलग नसल में नहीं आता ये अबलग नसल में आता है ये ये प्योर वाइट में आपको दिखा देता हूँ ये प्योर वाइट है इसकी क्या प्राइस है या रेट 25 लाख 25 लाख कॉल पर ही मुनासिब हो जाएगा अगर किसी ने लेना ये दो दांत में या अखीरा है ये चार दाँत में मारता ये अच्छा वैसे डर लग रहा है तो ये इनके माशाला जानवर हैं और आप आपको नंबर लेके दे दिया है कोई लेना चाहे तो भाई से रता कर सकता है आपको तो छोटे जानवर भी दिखा देते हैं इन बाबा जी से हम पूछते हैं क्या रेट है बाबा जी की रेट है इन्हें दो था? ये इसे काबू भी नहीं हो रहे की रेट लगाया जे साढ़े चार लाख आहो साढ़े चार लाख की जोड़ी तो ये आप देख सकते हैं दो जानवर हैं बाबा जी से काबू की नहीं हो रहे और भी आपको दिखाते हैं इनका रेट पूछते हैं क्या रेट है भाई ने रेट लाया जोड़ी का तीन चाली दी दो खीरे दो मुनासिब हो जाएगा दो तोते हो जाएगा किन्ने दो नब्बे तो दो नबे आपको मुनासिब हो जाएगा ये आप खुद ही देख सकते हैं ये भी चौलीसता नहीं चौलीसता नहीं है क्या प्राइस है इसकी उसका दो अस्सी मुँह से क्या है मुँह से क्या है दो दाँत है मुनासिब कितना हो जाएगा ढाई लाख का।, का कौन सी इलाके से आए हो उधर की नस्ल है ये इसकी क्या प्राइस है भाई तीन तीस ये क्या से? है। वो भी धुंधा है ये कौन सी नस्ल है? है, है ये है। ये चौलिसानी तो ये तो साहिवाल में नहीं आता क्रास है ना? है, हाँ वही मैं देख रहा हूँ क्रास में असल तो चौलीसानी यह ये, कलर ये होता है चौलिस दोस्तों आपने इनके रेट वगैरह देखे अगर मुनासिब आपको हो जाएंगे मैं इनका नंबर भी लेके दे देता हूँ नंबर बताएँगे अपनासी जी, पैंठ बारह जीरो तिरासी पैंठ बारह ये एक और जानवर माशा इधर आया बहुत ही कमाल का है ये कौन सी नस्ल है देसी साहिवाल में क्या प्राइज़ होगी साढ़े तीन लाख कितना मन वजन हो इसका सात मन नहीं थोड़ा होगा तकरीबन साढ़े पाँच छः मन होगा अच्छा, अच्छा मुंह से क्या है दो दांत में माशाल्लाह आप हैवी जानवर आपको दिखा रहे हैं ये भी मज़ीद आपको जानवर दिखा देते हैं मंडी में, में बहुत ज़्यादा जानवर आए हुए हैं पैन की रेट लाया पुठे का ला। एक साठ दो दिन हैं ये माशा देखें दो दांत में और एक साठ से आपको सारे जानवर मिल जाएंगे ये ब्लोच के जानवर हैं ये इनके माशा जानवर बहुत कमाल के होते हैं काम बहुत ज्यादा हैवी करते हैं नंबर लेके देते हैं नहीं नहीं आपना। नंबर की कियासी दस एक सौ पैंतीस नाम की अपना शहबाज शहबाज सरगोद तो और मंडी कौन कौन सी करते हैं सारे मंडी, करते हैं ठीक हो गए तो ये जानवर इनके और नंबर आपको मिल गया मुनासिब हो जाएगा अगर कोई खरीदना चाहे तो